लेकिन सुनो सुनाओ अरे छोड़ी आई तो मैं सैया तुम्हारे लाने सबका स्विच छोड़ के फिर भी हमारे लाने तन को नहीं मन रही ये से शब्द नहीं बोलो हम अभी दुख फूट हाओ राम नहीं लो तुम्हें फूट तो मैं थो थो थो बात है ना हमें एक दिन बोल हम कर दीने स्वागत करी भगवान काय बकरी हो गया वकील साहब मैं हा छोड़ी आई, हाँ छोड़ी आई, छोड़ी आई, छोड़ी आई सब मैं सैया और सबका छू तू मै न छोड़ी ये के और अरे छोड़े आई में सैया सब कछु कछू छोड़े आई में सैया लेकिन भाई हाँ। सुनो सरोना ली गाऊ का दुख है बहुत जब हम हैं तुम्हें तुम्हें बताओ का दुख है तुम्हें हर कसू व्यवस्था तुम्हारे लाने हैं बदनामी करवा रहे करवाई बदनामी करे लाख नहीं अरे का दुख तुम्हें मुहारे लाने तो मैं नहीं था, कभी अभी लाने में तो ऐसी ना सुनो लेना जब से तुम्हारी सूरत हमने देखी थी सुनो अच्छा अपने अपने तुम्हारे लाने छोड़ हम तुम्हें जय बताओ काओ, काओ, काओ, हमने पहले कि क्या तो सुनो छोड़ो यार, यार भी पुराना छोड़ तुम्हारे लाने अब छोड़ हाँ? तो छोड़ क्या तो बात है आप जाके, जा करम जी अगर ऐसे शब्द बोलो गोलो, गोलो, गोलो, गोलो, गोलो, तो कभी सुखने होंगे लेकिन फिर भी हम तुमसे जाके रहे अपने अंतर आत्मा से तुमसे बोल भगवान सुन दो हुई ये तुम्हें ना तो ससुर में आए के मैं कबहु दुखनी हुई है अच्छा भगवान सुन दो कबहु दुखनी है तुम चिंता नहीं कर लियो लेकिन काय तो आप पेट में पानी वास्तव में तो ले जाऊं हम तुम्हें ऐसा लागे भगवान सुन के तुमसे शादी तो भाई जीजा शादी है जीजा और का भाई साहब, तुम तो हम हैं, हम इतने अब नहीं आगा। आगा। इतनी रात के में अरे यार काओ तो हमारे घर में आग लगावे आए वीडियो बना वीडियो? नहीं क्या बनावे आएंगे तो में ना तो में तुम्हें में आए के और इतने हम हदी हदी के के इतने हम हम तुम्हें माय के रखती ऐसे हम तुम्हें राखी प्राण सलगा अब प्राण सलगा क्या कहेंगे? काहे लेकिन क्या हो है? दाउ एक बात सुन रहे हैं? अकेले आ, एक दिल तो की निकाली हो कैसी? अरे काली योग का भंग होना धेगाने अकेले धेगाने का होना निकाली फिर तो सब बंजे का है कि नहीं? अरे काली योग का भंग का कमी तुम्हारे आप चाहिए उनके कार्य यार। आई इसे सुनो। जोड़ी चन्द के नामे बन गई हमारी। सुन रहे हैं? बन गई। और क्या? अपनी तो पहले से बनी थी यार कायकों तो, तो फोड़ खोल नहीं अपन को जीवन जन्म जन्म को साथ है जिंदगी भर भर फोरण है जब तक और। और हमारे सम्मानिए उमेश कुशवाहा दिल्ली लिख रहे उमेश कुशवाहा जी दिल्ली से जो हमारे लेखक है वो तुम्हारे अच्छे हमारे गुरु हैं दिल्ली हमेशा देखा हवाई सर गोली हम में अच्छा तो हो आओ।, आओ आओ दे आओ, दे आओ। तो जब पतो है, तो पतो है कैसे माने हम आये वकील के रेड प्यार में हम जा, जा, के जा रहे जा के तुम्हें तो नहीं जानिए जा अगर अपनो तो प्रेम है तो तुम्हें हरे पेट को सुरेश सही कर पानी नहीं डोले और हमारे सुपला सिंह जी क्या मश किया है हम जाने की मान की बात नए है प्यार में। और जो हमारे सम्मान में हमारे गुरुजी जो तो दिल्ली से बेकाके रहे ना। ना। अरे मेले ओमे सेना जैसे अरे मेले सोरे सेना जैसे अरे मेले सोरे सेना ऐसे क्या में अरे भगवान से सही कह रहे अगर गलत रहे ईमानदारी बताओ कह रहे मेले क्या में आ सुख तो तुम्हें मोन लिया आ छोड़ आई मैं सैया रे ये क्या रही दाऊ अभी छोड़े आई मैं सैया अब तुम पूछो का छोड़ेंगे सैया सैया छोड़ यार सका हमको तंग मारे यार हट रे अरे काख तुम्हें मोन लिया आ छोड़ आई मैं सैया अरिखा दुखत में मुनरी या ओ मुरली वाला काय भई गया मोनू भैया टप पर आओ हम सही कह रहे अरिखा दुखत में मुनरी या सैया ओ मुरली वाला हाय हाय अब तो आराम में का लगा आई नहीं अरे या तो होता हो और हमारे कर रहा में कुशवाहा और उनको क्या कि तुमको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे और तेरी से जुलप रुपटा अपने कंधे से रुपट्टा सरका लेना वरना भी जवानी का क्या? दुआ, मांगे। दुआ मांगे लेकिन हम है। है। लेकिन, लेकिन लेकिन कहना कहना है है खुशी स्टूडियो के लाने अरे अकेले रहने के दिल को मत जला लेना लेकिन कहना है अरे अकेले रहने के दिल को मत जला लेना और जब भी ना जिंदगी याद आए तो छोटी सी विस्कार लगा लेना कहना है दिल के